हाई हेलो असलैक नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे है सब लोग तो आज की वीडियो में मैं जबरदस्त हेयर ऑयल दिखाने वाली हूँ सो so, इस हेयर ऑयल को सब लोग इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों बड़ों सब लोग जैसे कि ये नेचुरल है जैसा हम लोग घर पे ही बना सकते हैं इस हेयर है ऑयल को और ये हेयर ऑयल से आपके हेयर फॉल सब कुछ 100% 100% रुक जाएगा और आपके हेयर बहुत ही स्मूथी और बहुत ही शाइन होगा तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमको इन्ग्रीडियंट्स चाहिए जैसे कि इस हेयर ऑयल में जो भी ऑयल ले रही हूँ सब कुछ ऑनलाइन में अवेलेबल है सो लेट स्टार वीडियो फर्स्ट मैं ले रही हूँ कोकोनेट ऑयल सो so, प्योर कोकोनेट ऑयल आप ले सकते हो मैं तो पैरासूट कोकोनेट ऑयल ले रही हूँ सो so, फर्स्ट ले रही हूँ कोकोनट ऑयल थ्री टेबल स्पून ऑफ़ कोकोनेट ऑयल लेनी है मेरे हेयर के हिसाब से मैं ले रही हूँ थ्री कोको थ्री टेबल और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बाद लाइक स्वीट आलमंड ऑयल सो स्वीट आलमंड ऑयल भी मैं ले रही हूँ थ्री टेबल और इसके बाद मैं डाल रही हूँ कैस्ट्रो ऑयल कैस्ट्रॉइल लेनी है कि टू टेबल स्पून और इसके बाद मैं डाल रही हूँ वाइटमिन ई कैप्सल्स आपके पास वाइटमिन ईयल है तो वो भी डाल सकते हो मैं वाइटमिन ई कैप्सल्स डाल रही हूँ जैसे कि टू वाइटमिन ई कैप्सल्स और उसके बाद हेर पर सो so, इस ऑयल को हेयर पर स्कैल्प पर अच्छे तरीके से अप्लाई करनी है टेन मिनट्स मसाज करनी है और उसके बाद शैम्पू कर सकते हो वन आवर के बाद सो so, इस ऑयल यूज़ करने से आपके हेयर पर लाइक like डैंड्रफ हो रफ हेयर डल हेयर फ्रीजी हेयर सबको एक ही सॉल्यूशन है इस हेयर ऑयल हेयर फॉल को 100% रिज़ल्ट देगा सो प्लीज़ ट्राई दिस हेयर ऑयल हेयर ऑयल को वीकली टू टाइम्स अप्लाई करनी है और वन आवर के बाद हेयर वॉश करनी है विद शैम्पू सो so, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेनिफिशियल है आपके हेयर को आपको भी पता है कोकोनट ऑयल वाइटामिन ई कैप्सूल बादम ऑयल कैस्ट्रॉल सब कुछ हेयर को बहुत ही बूस्ट करेगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो